रहने बेरा लाग गया तेरी सोच किसी है तेरे साथ रह मेरा लाग गया तेरी सोच किसी है और जो भी तू बाद कह देना तेरे जसी तो मैं और लिया बेटे तेनाली मेरी जसी है